ये मेरे जिंदगी का पहला ब्लॉग है तो मैं अभी घर पे हूँ देख सकते हो आप और में पहली बार ब्लॉग बना रहा हूँ तो मुझे सपोर्ट करिए ये देख लीजिए घर पे हूँ मैं अभी मेरा नाम चंदन है मैं जिले से हूँ छोटे से गांव में रहता हूँ तो मुझे भी सपोर्ट करिए दोस्तों मेरा भी ये फर्स्ट व्लॉग वायरल करा दीजिए तो मिलते हैं दूसरे नेक्स्ट व्लॉग में जब तक के व्लॉग वायरल करा दीजिए मैं एक साल से मेहनत कर रहा हूँ यूट्यूब पर अभी तक कामयाब नहीं हुआ हूँ जय हिंद ये मेरा गरी मेरा ब्लोग अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को ऑल्ट कर लेना मिलते हैं नेक्स्ट लोगों में तब तक के जय हिंद